के संत महान की कभी न गिरने देंगे गौरव गरिमा उनकी शान की दी तक घर घर पहुंचाना गुरु संदेश है नहीं उपेक्षित रहने देना कोई देश प्रदेश है गूंजे गाँव नगर युग ऋषि के अब प्रेरक संदेश से उनकी फैले गंध हमारे चिंतन वाणी देश से चिंतन वाणी देश से जो भी मिले करें हम उससे चर्चा युग निर्माण की कभी न गिरने देंगे गौरव या उपदेशक बनकर मिले समाज से मात्र स्वयं सेवक का निकले स्वर अपनी आवाज से गिरने देंगे गौरव गरिमा उनकी शान की कभी न गिरने देंगे गौरव गरिमा उनकी शान की हम हैं संतानी युग ऋषि की युग के संत महान की कभी न गिरने देंगे गारक करिमा उनकी शान की कभी नगरने देंगे में गिर दे देंगे को।